तू पहली नहीं है जिसने इस दिल को तोड़ा और तेरे बाद भी कई लोग आएंगे जो इस दिल को यूं ही दुखाएंगे अफसोस इस बात का है कि जल्दी कर दी तेरे बारे में घर पर बताकर और फिक्र इस बात का कि जब माँ पूछेगी तेरे बारे में तो न जाने हम क्या बताएंगे